ज़्यादा मत उछल, तुझे तेरी में ढक देंगे और जनाब ज्यादा पर्सनल लाइफ में मत घुसना हमारी सहाले फाड़ के रख देंगे घर वालों ने क्या क्या दिन देखे हैं? ये दिल कभी बुलाता नहीं है और भगवान से ज्यादा इज्जत है अपने बाप के लिए जो हमारे लिए इतना कुछ करके कभी जताता नहीं है